<laughs> चुप तू चिल्ला रोए मची समझ अरे को ये के दारू दारू वो अरे अरे पहाड़ में जाने की ठीक <laughs> खासी खासी खासी खासी के पुर परदो छन सुते करियो अरे वन भी तें ज ज जंद रे त काने के छ ओ है जब ज ज त का आंदड़ा पे आंदड़ा सावी सड़ी गई जा मेरी आगे तन्ने बोला मालदार जी कहो के बात छे अब कस्तो रूप तो, तो, तो, तो जान पड़लु है आके तु रूप पुनाव बिचलन ओ <laughs> हो आ आंखो आंखो भी गै जानु अब फूलो फूल भी कर जानु <laughs> ये बात बहुत जो भरी कई में समझाए पी, नी पी, पर मेरी एक नी सुनी, एक दिन दिन सुनी, सुनी <laughs> काजी, चुमेरा मालदार जी को क्या दुख नहीं नहीं ये पड़ी तेरी जो तेरा तो उठाई से? मजे मर भी हुए गई मालदार जी ये बोला चाहे अरे मुंशी जी चुपरा हो तुम बिजाता है अरे कीड़ो पाड़तेड़ा निर्भज हैं तू निर्विज है, क्या है? ये गांव को मोर दारू पिलाए पिलाए की मारा तुम लोग अरे अरे पोटी सबरकोर सबरकोर अरे क्या सबरकोर मिली है तो तो सच ना तो तुम्हारी मोबाइल ऐसी लगे घाम <laughs>